टिकॉक चीजा शो कर रखी बस बदमासी तो है तेरा परसेंट आर्मी में सिलेक्ट हुआ है हरियाणा के, के यूथ का तेरा परसेंट आर्मी में सिलेक्ट हुआ है दस परसेंट हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ है ग्यारह परसेंट स्पोर्ट मैं मारा है नो परसेंट एच एस एस सी एग्जाम ने पड़ा है और बड़े बुजुर्ग सारा दिन खेता में खड़े हैं बालका खातर पी से जोड़ा है बड़े बुजुर्ग सारा दिन खेता है कुछ लायर है बचे कुछ कुछ डॉक्टर है कुछ मास्टर है कुछ बैंकर है कुछ लायर भी है मा बोली हरियाणवी खातर लिखा कुछ त्रोडी आले वर्गे शायर भी है बदनाम करो लाड लो सीधे साधे बाने सादगी खातर मशहूर मेरे हरियाणा